तो ऐसे कौन से जो टिप्स एंड ट्रिक है जो ड्रैगन से सिर्फ हेडशॉट मार रहा हूँ मैं वही ट्रिक मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ तो ड्रैगन से कैसे हेडशॉट शॉर्ट मारते है? इजी वो भी शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ भाई शॉर्ट वीडियो में बताया है कोई बंदा बताएगा नहीं आपको शॉर्ट वीडियो में कैसे हेड शॉट मारता है मैं आपको इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ अभी शॉर्ट वीडियो में अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोग लास्ट में मैं बताया हूँ कैसे हेडशॉट मारा जाता है ड्रॉगन से मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया लाइव में बताया हूँ पूरा ईजी टिप्स देखो आपको क्या करना है अपना एम जो है ना बंदे के धूर रहेगा तो उसको रेड करके मारोगे ना तो आसानी से हेडशॉट लग जाएगा जहाँ मैंने इधर मार के दिखा और बंदा पास में रहेगा तो आपको क्या करना है व्हाइट एम करके मारना है और आपका सेंसिटिटी जो है पूरा हंडेड करके रखना है और आपका ड्रैग बटन सहीज है थर्ट थर्टी फाइव से फोर्टी रखना है बल्कि आपका हेड शॉट आसानी से लग जाए तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर देना